बैक टू चैनल आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लिनक्स सॉफ्टवेयर के बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम सो गाइज अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो प्लीज कर देना प्रेस देनाइकन एंड ऑल्सो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है जो की सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाता है

तो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर को मैनेज करता है और वाइज ये जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सारी फाइल्स आप यूट्यूब चला रहे हो वो सब के पे चला रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला रहे हो तो बेसिकली लिनक्स फाउंड जो पहला वर्धन हुआ था लिनक्स का 0.02 सो वो बेसिकली फाउंड हुआ था नाइनटीन के अंदर जो कि था जो कि बेसिकली लिनक्स के फाउंडर हैं लिनक्स स्टोर बैट्स अब वैस मेरी प्रोनाउसिएशन कर तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा

उसके बाद हमारी सेकेंड जो लॉन्च होता है जो कि है सबसे मेन जो उसका वर्जन है और जिसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर सो so बेसिकली कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का उनका जो उन्होंने लॉन्च करा था होता कर है यूनिक्स कर्नर

उसके बाद वो आगे आगे उसके अंदर अपडेट्स आते रहे उसका अब so guys, सबसे पहली बात आती है ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये आपकी स्टॉक मार्केटिंग और जितने भी आपके जितना भी हैवी हवी काम होते हैं इंडस्ट्रीज इनके अंदर जितने भी कंप्यूटर होते हैं उनके अंदर बेसिकली यूज़ होता है सुपर कंप्यूटर इन सब के अंदर यही यूज़ होता था लिनिक्स अभी भी यूज़ होता है और पहले भी आज से ट्वेंटी वो भी यही यूज़ होते थे सो बेसिकली

इतना पॉपुलर क्यों नहीं है अगर ये इतना अच्छा है ये स्टॉक्स के अंदर उधर है इतना हम अब में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्यों नहीं पता था सो so बेसिकली इतना पॉपुलर नहीं है ये अगर आप अपनी सिटी के अंदर लगाओगे तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा टू हंड्रेड से थ्री लोगों ने यूज कर रहा है ज़्यादा ज्यादा यूज नहीं करते बेसिकली अदर जितने भी सॉफ्टवेयर है मैट तो विंडोज ये बेसिकली काम करते कि हम अपने सॉफ्टवेयर को ईजी कैसे बनाए हम अपने सॉफ्टवेयर को एकदम

इंटरफेस इजी कैसे बनाए एकदम यूज करना भी ईजी बनाए बट ये ध्यान देता है सिक्योरिटी एंड कम्परबलिटी और उसके बाद चेक करता है कि हमें क्या क्या अपग्रेड करना है ये ये वाले जो हमारे आदर हैं ये चेक नहीं करते बेसिकली so ये बना ही इसलिए कि ये कोई हैवी काम कर सके अब गए कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है क्या हम लिनक्स पे चेंज कर सकते हैं हाँ आप बिल्कुल कर सकते हैं बट लिनक्स पे चेंज करने से पहले आपको एक ध्यान दे होगा तीन बातें ध्यान देनी है आपको

तीन फर्स्ट थिंग कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर आपका जो भी है वो आपको ऐसा नहीं है कि जैसे फर्स्ट थिंग आपको ध्यान में कोई सॉफ्टवेयर नहीं होना आपको जरूरत नहीं है मतलब ज़्यादा सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं हो सेकंड चीज़ है is, कि आपको कोई मतलब किसी भी चीज़ को डाउनलोड करने में दिखना है चाहे आपको एमरजेंसी होना हो आपको जैसे बहुत ज़्यादा चीज़ें डाउनलोड करनी होती हैं आजकल के दौरान तो वो आप उसमें इतनी कर पाएंगे क्योंकि सॉफ्टवेयर अवेलेबल ही नहीं है उनके वर्जन ही अवेलेबल नहीं है और जो लास्ट थिंग है डैट इज़ कि आपको उसमें

कोई भी, भी चीज़ का इंटरफेस उसका इसीलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है आप ये समझ रहे विंडोज़ जैसा हो ऐसा नहीं पर हाँ ये आपको परफॉर्मेंस अच्छी देता है एंड आपका जितना भी लैपटॉप है उसकी एकदम अच्छे से वो चूज़ लेता है उसकी पावर उसके बाद आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये थोड़े चीज़ें कम खाता है यानी कि ये जितना भी डाटा है कम खाता है ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता और अच्छा होता है पर आपका इंटरफेस थोड़ा अच्छा होने के लिए आप ज़्यादा अच्छा प्रेफर करते हो

अब वैसे उससे पहले मैं भी मैंने एक वीडियो बनाई थी आपके आई बटन पे आ जाएगी वो वीडियो सो आई बटन पर मैंने विंडोज इलेवन की वीडियो आई थी अगर आप बनाई थी अगर आपको देखनी है तो देख सकते हैं उसके अंदर मैंने बताया था कैसे कैसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं मैंने पूरा रिव्यू भी दिया था

सो so, ये विंडोज़ 11 से बेटर है क्या इस विंडोज़ 11 के सामने की टक्कर का अभी तक कोई नहीं है क्योंकि तो लिनक्स कौन यूज़ करता है आपने देखो ये हमारे ये नॉर्मल यूज़र है और ये प्रोफेशनल यूज़र्स के लिए बना है तो बेसिकली हम कैसे कह दें कि ये ये है विंडोज़ इलेवन की टक्कर का मेरे हिसाब से अभी तक कोई इतना अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं आया और आया भी होगा तो वो अभी

मुझे आ, मार्केट के अंदर पब्लिकली नहीं हुआ है क्योंकि लोग अभी कोडिंग करके बना देते हैं तो बेसिकली अभी कोई ऐसा मैं जज नहीं कर रहा किसी को पढ़ा जो अभी विंडोज़ इलेवन जो जिसकी सच बात है वो है उसके अलावा मैं आपको कोई चीज़ बताना चाहूँगा कि जो लिनक्स है वो बेसिकली काफ़ी छोटी कंपनी है मतलब कि विंडोज़ के बराबर की नहीं माइक्रोसॉफ्ट के बराबर की कंपनी नहीं है ये और लिनक्स

को आप अपने जो अगर आपको डाउनलोड करना है तो लिनक्स के बेसिकली एक ये ऐसा सॉफ्टवेयर भी है कि लिनक्स आपने आज तक किसी कंप्यूटर में देखा आते हुए लैपटॉप में देखा नहीं देखा ना तो so बेसिकली वो प्रोफेशनल यूजर्स के लिए बना है और गाइज यही था आज की वीडियो के अंदर आज के वीडियो के अंदर हमने समझा क्या है ये लिनक सॉफ्टवेयर अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज समझे ना यहाँ पर आ रहा है दिख रहा है ये यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप मेरे चैनल को एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो सोज एंड बाय बाय गाइज